गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के लीटर वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की जब मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी तब यह देखना होगा कि कितने लीटर चलेगी आज राहुल गांधी गुजरात यात्रा पर जा रहे हैं और आज ही गुजराती हुआ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बदल गई है नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री खर्चा कर रहे हैं तो शिक्षकों के बीच सिर झुकाकर और उनके सम्मान पर कर रहे हैं जैकलीन के ऊपर खर्च नहीं कर रहे वहीं केजरीवाल पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, पर गीता का श्लोक भी जिस व्यक्ति को नहीं याद होगा और सुदर्शन चक्रधारी से झाड़ू की तुलना करना गलत है उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता क्षेत्र में जा नहीं पाते उनके पास सोशल मीडिया ही बचता है सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात जनता के बीच पहुंचाना चाहते हैं, पर ऐसे नहीं चलेगा जनता के बीच जाना पड़ेगा हमारे मुख्यमंत्री जी अगर खर्चा कर रहे हैं तो शिक्षकों के सम्मान में सर नाती कर रहे हैं उनको भावी भारत का निर्माता कह रहे हैं किसी जैकलीन पे तो खर्च नहीं कर रहे जैकलीन पे खर्चा करने वाले शिक्षकों के खर्चे पे सवाल उठाएंगे तो पीड़ा होगी तो मैं तो आज शिक्षक दिवस भी है उनको नमन करता हूँ सभी शिक्षकों को किसी स्कूल के बाहर जब शिक्षक ने लिखा होगा तो कितना सार गर्भित था कि जीवन का निर्माण यहाँ निस्दिन चलता है और स्वर्ण यहाँ मत खोज यहाँ मानव ढलता है देखो तो अब बड़े नेता जो है जा तो पाते नहीं क्षेत्र में तो सोशल मीडिया ही बचता है उनके पास और जनता ये सब समझती है ये दूर बैठकर जो उन्हें चेताना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है जनता के बीच जाना पड़ेगा ये डेमोक्रेसी है सोशल मीडिया पे उनके अध्यक्ष ही ऐसे हैं जो नहीं जाते जनता के बीच तो मैं क्या कर सकता पोषण आहार घोटाले मामले पर मिश्रा ने कहा की सी की रिपोर्ट राय होती है अंतिम निर्णय नहीं होता अकाउंट कमेटी अंतिम निर्णय करती है कभी कभी विधानसभा की लोक लेखा समिति के पास भी मामला जांच के लिए जाता है सागर सीरियल किलर पर उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस से भी संपर्क में है जानकारी जुटाई जा रही है बीजेपी की बैठक पर गृह मंत्री ने कहा यह बदलाव के लिए बैठक नहीं थी विकास और जनता ऐसी सीधे संवाद करना बीजेपी का मूल मंत्र है सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है उसकी राय होती है वो अंतिम नहीं होती पहली बात तो ये ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है अंतिम नहीं है इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्कूट नहीं करती है इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है ये जब आती है तो अकाउंट में अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की वो इस पर अंतिम निर्णय करती है लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोकलेखा समिति का अध्यक्ष होता है कभी कभी वहाँ भी जाती हैं और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि ये अंतिम है